थ अनाथ को भला मिला सुन जो जो हमें तारोगे नहीं तो हंसी करेंगे लोग भक्त लाखों आप पर सरबस निछावर कर गए हजारों पापी आपका नाम ले कर तर गए गणिका जी दिया गामिल की खबर लेनी आपने भाटीदार भी ने मुक्त कर देनी आपने सुन ले पुकार अब तो सुनल पुकार अब तो वो मुली भजन वाले सुनले पुकार अब तो वो बजाने वाले बाल सुनल पुकार अब तो वो मुली बजाने वाले सुन ले पुकार अब तो वो बजाने वाले सुन ले पुकार अब तो वो मुली बजाने वाले बिगड़ी अरे बिगड़ी सबकी बिगड़ी बना तो सबकी तो वो बिगड़ी बनाने वाले बिगड़ी बना दो बिगड़ी बनाने वाले बिकाल हलाद ने पुकारा नरसिंह रूप धारा प्रहलादने पुकारा नरसिंह रूप धारा हरणा कुछ को मारा हरणा कुछ कुमारा वो भगती बचान वाले सुनल पुकार अब तो वो मुरे बजाने वाले सुनल फुकार जब द्रौपदी ने तेरी जब द्रौपदीन तेरी प्रभु जी पलकी करी न देरी दब द्रौपदीन तेरी प्रभु जी पलकी करी न देरी महाभारत कराने की आई एक चूक घड़ी सब खेल रचाया जुए का कर्मों की थी आड़ी से जुधी चिर हार गए सब हार हवेली रतन जड़ी खुद या प्य हार द्रौपदी नार भ्राताओं की हारी चवड़ी जो धन दाते चबा चबा बोला बात कड़ी कड़ी नंगा कर दो को तोड़ो न हार सिंगार लड़ी जब द्रो कह दी न तेरी प्रभु जी पल भर की है न देरी जद्रोप दी नेरी प्रभु जी पल भर की नेरी लग गई चीर की ढेरी लग गई चीर की ढेरी बोल जा बजान वाले सुन ले पुकार अब तो वो मुड़ली बजान वा लेन ले पुकार बलराम ने पुकारा देतियों को संहारा बलराम ने पुकारा देतियों को संहारा नैया लगा दो किनारा नैया लगा दो किनारा वो भव से तिरने वाले सुनने पुकार अब तो वो मुजान वाले सुन ले पुकार अब तो आ आ हा सुनल पुकारे अब तो वो बजाने वाले अब तो मुली बजान वाले अरे बिगड़ी बना दो सबकी वो बिगड़ी बनान वाले सुन ले पुकार अब तो वो मुर्ली बजान वाले सुन ले पुकार अब तो वो मुर्ली बजान वाले सुन